दे ले दे ले। और टाइगर पैरासर से जादव और इस भी है। भीतर भीज भीज के निकाल रहे हैं गेंदबाजों का लेकिन आप बारी है कि माधव ने में सबसे पहले जगह बनाई थी और समय मैच शुरू हो चुका है और एक लेकिन ये क्या खा गए सैतालीस जानवर कर रहे हैं बारे बारे के पर नजर आ रहा है बस बीसी बोला और सोचो कैटाने के कैट अच्छी वापसी करेंगे पूर्ण विश्वास है हम लोगों को और जी रह ऐसा माहौल है ये माउल इनके सिर्फ बिल्कुल महान बड़ा सर साबित हो रहे हैं अरे भाई जीरो सात नंबर